अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा 2 इस मूवी को लेकर काफी सारे नए अपडेट्स सामने आ चुका है सुकुमार के निर्देशक पर बनने वाले फिल्म पुष्पा 2 इस फिल्म के लिए सुपर स्टार अल्लू अर्जुन काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और अपनी शूटिंग के लिए एक्स्ट्रा समय भी बना चुके हैं क्योंकि पुष्पा पार्ट वन से पुष्पा पार्ट टू अल्लू अर्जुन के लिए बहुत ही स्पेशल है रिपोर्ट्स के अनुसार अल्लू अर्जुन 120 दिन से भी ज्यादा समय देने वाले हैं इस शूटिंग में जिसके लिए भारी भरकम चार्ज अल्लू अर्जुन करने वाले हैं रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है की एक करोड़ अल्लू अर्जुन इस फिल्म के लिए चार्ज करने वाले है इसके अलावा इस बार रश्मिका मंदाना के साथ साथ फीमेल लीड कैरेक्टर में सही पल्लवी को भी हम लोग देख पाएंगे जिसका रूमर्स काफी पहले से ही आ रहा था अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुका है साथ ही कुछ इंपोर्टेंट सीन के लिए श्रीलंका और थाईलैंड जैसे जगहों में इस फिल्म की शूटिंग होने वाला है अल्लू अर्जुन की पुष्पा टू की फर्स्ट लुक हमें जल्द ही देखने को मिलेगा ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है बिग बजट और बिग शूटिंग सेट के साथ इस फिल्म को तैयार किया जा रहा है जहां बड़े बड़े एक्टर को हम लोग इस फिल्म में देख पाएंगे साथ ही बजट भी होगा 500 करोड़ से भी ज्यादा तो इसे उम्मीद लगाया जा सकता है कि यह फिल्म कितने बड़े पैमाने पर बन रहा है जिसके लिए डायरेक्टर सुकुमार काफी ज्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं एंड डेफिनेटली आने वाले वक्त में ये फिल्म ब्लॉक फिल्म के लिस्ट में नंबर वन होने वाला है वैसे पुष्पा टू के लिए आप कितनी एक्साइटेड हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताए